आजकल के लड़किया शादी से पहले मुझे साजन के घर जाना है मुझे साजन के घर और शादी के कुछ ही दिनों बाद जाना है <laughs>